वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं हूँ so, है। like okay? so, दोनों ही तरीके बताऊंगा की रियल कैसे बढ़ाए बढ़ा लेकिन इसके पहले कि मैं अपने मोबाइल पर ले चलो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ भी फॉलोअ होता है बस वो अकाउंट यूज नहीं हो रहे होते बस सिंपल सा डिफरेंस है और रियल फॉलोअर्स वो है जो एक्टिव अकाउंट है जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं लाइक फॉलो कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं वगैरह पहले मैं आपको बताता हूं कि फेक फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं सो गाइज अभी मैं लेकर चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ओके okay? तो चलिए चलते हैं सो so गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले जाना है क्रोम में और आपको टाइप करना है टॉप फॉलो डाउनलोड टॉप फॉलो एपी के डाउनलोड सबसे पहले जो वेबसाइट दिखा रहा है टॉप फॉलो डॉट ऐप इस पर आपको क्लिक करना है और ये सिंगल पेज वेबसाइट है इस पर बस टॉप फॉलो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है तो आप इसको क्लिक करो डाउनलोड ऐप पी के और ओके और ये डाउनलोडिंग में हो चुका है डाउनलोडिंग हाँ ओके डिटेल में जा ये बस सेवन पॉइंट हो ही चुका है ए का है ओके सो आप इसे करो इंस्टॉल इंस्टॉल के बाद ओपन और इसमें इसके पहले कि आप इसमें कुछ करो सबसे पहले आपको जाना है इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम में आप जाओ और इंस्टाग्राम में आपको एक फेक अकाउंट बनाना है ये देखो हमने बना लिया एक फेक अकाउंट जीरो फॉलोअर्स जीरो फॉलोइंग थ्री पोस्ट हमने ये कुछ भी ऐसे तीन पोस्ट किया है प्रोफाइल फोटो है नेम है और बायो है ओके बायो में हमने बस हेलो लिखा है एक्स वाई जीड आप कुछ भी नाम से बना सकते हो तो इंस्टाग्राम पे एक फेक अकाउंट बनाने के बाद आपको सिम्पली टॉप फॉलो ओपन करना है और जिस यूज़र नेम से आपने फेक अकाउंट बनाया था उस यूज़र नेम और पासवर्ड को इधर टाइप करना है जैसे तो हमने बनाया था xyz सू आई जैसे कुछ भी और पासवर्ड था जो पासवर्ड था वो आपको देना है और लॉगिन करना है लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है आपको सिम्पली पहले इसके पहले मैं बता दूँ कि ये काम कैसे करता है देखिए आपके इस फेक अकाउंट से किसी और को फॉलो जाएगा जिसके बदले में आपको मिलेंगे कोइंस और फिर उस कोइंस को यूज़ करके आप अपने फॉलोस बढ़ा सकते हैं देखो ये हमने स्टार्ट कर दिया अभी हमारा 292 नाइन्टी कोइंस है अभी ये काइंस बढ़ेगा देखो 92 है ये गया उसको फॉलो गया ये देखो अभी क्या जा रहा है देख लो नाइन्टी हो गया वैसे टू हम फॉलो कर रहे इधर से आप सिर्फ लाइक कर सकते हो सिर्फ फॉलो कर सकते हो दोनों फॉलो लाइक दोनों कर सकते हो ओके और बढ़ाते कैसे देखो हमारा कोइंस हो चुका है 300. इधर फॉलोअर्स का ऑप्शन है इधर मैं आपको बस अपना यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम जिस पर आपको बढ़ाना है फॉलोअर्स वो टाइप करना है और देखो 80 एट्टी में 10 फॉलोअर्स मिल रहे हैं 400 हंड्रेड में 50, 160 सिक्सटी में 20 फॉलोअर्स एंड एट थाउजेंड में वन फॉलोअर्स गैज मतलब अगर, अगर आप एक दिन में एट थाउजेंड कर लेते हो तो आपको वन फॉलोअर्स मिलेंगे तो मतलब गाइस हाँ सच में आप एक दिन में हज़ार फॉलोस बढ़ा सकते हो ओके तो देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी हमारे 316 हंड्रेड फॉलोअर्स एक कोइंस हो चुके हैं ओके सो हम अभी आप एक और अकाउंट में हम लोग फॉलोअर्स बढ़ा के दिखाते हैं इसे मैं तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ ये देखो अभी आपको जिस भी अकाउंट में फॉलोअर्स बढ़ाना है जैसे हम लोग इस अकाउंट पर भी फॉलोअर्स बढ़ाएंगे देखो इसमें नाम है सेम ये ये ये जिसमें जीरो पोस्ट है जीरो फॉलोअर्स जीरो फॉलोइंग एकदम न्यू अकाउंट ओके आप वैसे किसी भी अकाउंट बना सकते हो तो ये जरूर ये न्यू ही हो तो देखो अभी मैं बढ़ाता हूँ अभी आपको ओपन करना है टॉप फॉलो और वहाँ जाके ये देखो हमारे पास 320 हंड्रेड ट्वेंटी कॉइन्स है वाले अकाउंट में एक्स आई चेट वाले अकाउंट में जो हमने अभी जस्ट बनाया था फेक अकाउंट अभी आपको यहाँ फॉलोअर्स बटन पर क्लिक करना है और जिस भी अकाउंट पर आपको बढ़ाना है उसका यूजर डालना है तो हमारा था सैम फाइव सेवन थ्री टू फाइव सेवन थ्री टू ओके ओके वो देखिए अभी यहाँ सेम डॉट कॉन फाइव सेवन थ्री टू लॉग हो चुका है फॉलोअर्स लेने के लिए तो अभी हमारे पास थ्री हंड्रेड ट्वेंटी कोइंस है तो मतलब हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं फोर्टी फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं वन सिक्सटी का दो ओके okay? तो एक बार करते हैं इसके पहले मैं दिखा दूँ मैं प्रूफ के उधर अभी भी कितने फॉलोअर्स हैं ये देखो एक्स कर देता हूँ जीरो आयान फॉलोअर्स और्डर आया। आगे ट्वेंटी खरीदा था ट्वेंटी देखो ये जरूरी नहीं है कि ट्वेंटी आए कई बार ज्यादा भी आता है ओके तो इसका ये एक फ़ायदा है 43 आ गए हमने बस 20 ऑर्डर किया था रिफ्रेश करता हूँ 43 फॉलोअर्स आ गए काफ़ी सिंपल है ना न तो तुम भी बढ़ा सकते सुख देखो और 20 ऑर्डर करते हैं 20 फॉलोअर्स 20 फॉलोअर्स वज सक्सेस ओके देखते हैं 43 थ्री है ना इधर अभी सिक्सटी वन हो गए सिक्सटी हो गए सिक्सटी 69, 72, 74, 75 सेवेंटी हमने बस 40 फॉलोर्स ऑर्डर किया था और इतना 76 आ चुके हैं 77 हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार देखते हैं आखिर कितना फॉलोअर आता है सो so गाइज़ कई बार होता है कि आपको एक्स्ट्रा फॉलोस भी आते हैं और कई बार होता है लेकिन ये कभी नहीं होता कि कम आए जितना ऑर्डर किया उससे ज़्यादा ही आता है उससे कम नहीं आता हमारा हमने चालीस ऑर्डर किया था हमारा सेवेंटी आया तो काफ़ी अच्छा है अगर आप चाहो तो 1000 थाउजेंड भी बढ़ा सकते हो ओके okay. तो so, बस आपको पॉइंट्स कलेक्ट करना है एट थाउजेंड पॉइंट्स और आप एक दिन में हज़ार फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो लेकिन गाइस सबसे एक बात मैं बता दूँ कि ये अकाउंट्स यूज नहीं हो रहे होते आप इनमें से किसी को ओपन करके देख लो ये देखो बस दो पोस्ट ये भी एक फेक अकाउंट ही है ओके okay. बस दो पोस्ट है प्रोफाइल फ़ोटो है देखो लो, फॉलोइंग कितना और followers कितने कम इसको देख लो फॉलोइंग देख लो फॉलोअर्स देख लो पोस्ट देख लो तीन पोस्ट मैंने कहा था ना ये फेक फॉलोअर्स है फेक फॉलोअर्स मतलब यूज़ नहीं हो रहा जैसे हमने अभी बनाया था एक्स वाई जेड के नाम से जो कि हम लोग यूज़ तो करेंगे नहीं हम लोग बस दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ओके वैसे ये सारे फॉलोअर्स आपको वैसे ही मिलेंगे अकाउंट्स तो होगा बस यूज़ नहीं हो रहा होगा देखो दो पोस्ट है बस ये देखो बस दो पोस्ट है कुछ भी ये तो देख लो कुछ भी पोस्ट है भाई जैसे हम लोगों ने कुछ भी पोस्ट कर दिया वैसे इसमें भी बस कुछ भी पोस्ट कर दिया ये देखो चार पोस्ट कर दिया इसका फॉलोइंग देखो सेवन 1000 फॉलोअर्स बस 21। so guys, ये फॉलोअर्स है रियल लेकिन ये फॉलोअर्स अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपको ये फेक लगते हैं लेकिन ये फॉलोअर्स फेक नहीं है देखो अभी जैसे हमने बनाया था ये वाला अकाउंट एक्स वाई जेड के वाला एक्स वाई जेड वाला ये भी तो फेक नहीं है ये देखो हमारे इधर से कितने जन को फॉलोइंग गया ग्यारह जन को फॉलोइंग किया जिसके बदले में हमें मिला थ्री ना कितना को जिसके बदले में में हमने हमने हमने इधर इधर हमारा कितना बढ़ा? 80 80 160 का दो किया किया था, हमने 40 किया था, 40 और उसका बढ़ बढ़ गया, 80 बढ़ गया। तो आप ऐसे सच बढ़ा सकते हो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आप तो पास, पास और एक बोनस टिपियो के एंड में जो की है काम करेगा ही करेगा ओके तो नंबर वन पोस्ट मिनिमम स्टोरीज आपको एक दिन में मिनिमम मिनिमम अपने स्टोरी स्टोरी पे तीन स्टोरी लगाना है ओके नंबर एक पोस्ट वो भी अपने पीक टाइम पे जब आपके फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं जनरली फॉलोअर्स 6 से लेके 9 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो मतलब 6 से छो बजे तक के बीच में मिनिमम एक पोस्ट टिप नंबर थ्री इज रिप्लाई एवरी कमेंट एंड मैसेजेस कोई भी आपके फोटोज पे कमेंट करता है या आपको मैसेजेस करता है तो उसका रिप्लाई करो चाहे कुछ भी कम से कम पांच मिनट के लिए एक बार दिन में लाइव चले जाओ भले ही आप उसमें अपना चेहरा मत दिखाओ कुछ भी करो बस लाइव जाओ एटलीस्ट पांच मिनट के लिए दिन में एक बार कम से कम ओके टिप नंबर फाइव फॉलो एंड अनफॉलो ट्वेंटी Blue badge profiles, मतलब 20 blue badge profiles को कीजिए कीजिए और unfollow उसी समय भी कर सकते हैं आप जिस तरह का पोस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड हैश दो अगर आप सेल्फी पोस्ट कर रहे हो तो सेल्फी से रिलेटेड हैश दो अगर फोटोशूट कर रहे हो तो फोटोशूट से रिलेटेड हैश टैग जब योस्ट करते समय आप बीस पीपल को टैग करने का ऑप्शन रहता आप, है eight, कभी भी नहीं होता। आप जितना क्या लिखते हो अपने बारे में इससे आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छा बायो बहुत जरूरी है टिप नंबर टेन आप ज्यादा से ज्यादा रील्स पोस्ट करो क्योंकि रील अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल लोग Instagram को स्क्रोल करने के बजाय थोड़ा देर स्क्र करते हैं और डायरेक्ट रील्स ओपन कर देते हैं तो अगर आपको वायरल होना है और ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स चाहिए तो आप कोशिश करो पोस्ट नॉर्मल पोस्ट ना करके आप रील्स पोस्ट करें सो so जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बोनस टिप भी बताऊंगा जो कि साइकोलॉजिकली प्रूफन है कि काम करेगा ही करेगा सो so वो टिप अगर आप लड़के हो तो ट्राई टू फॉलो गर्ल्स देर आर मोर चांसेस दे विल फॉलो यू बैक ओके अगर आप लड़की हो तो आप लड़कों को फॉलो करो तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपको फॉलो बैक देंगे ओके लड़के हो तो लड़की को फॉलो करो लड़के हो लड़की हो तो लड़कों को फॉलो करो ओके ये था बुनस्टिव जो कि एकदम काम करेगा ही करेगा साइकोलॉजिकली प्रूफेन है मैंने अभी जितनी भी बातें बोली अगर आपको उनमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो या किसी चीज में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का आई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो so गैस मिलते हैं अगली वीडियो में और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में जरूर बताएं